हेलो एवरीवन वन ये क्वेश्चन पेपर एमए एम एस फाइव साहित्य सिद्धांत और समालोचना दिसंबर दो से है आई होप ये क्वेश्चन पेपर देखकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जिसमें दो खंड दिए हुए हैं Thank you everyone.